सरकार ने बड़े बड़े दावे किए खुद की जमकर तारीफ की बताया कि कैसे बेरोजगारी महंगाई गरीबी महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार ने शानदार काम किया है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कैसे हुआ जाता है इसका एक अच्छा उदाहरण भी दिया है अब एक एक कर आइए आपको बताते हैं सरकार का झूठ और उसका सच जूठ नंबर एक सरकार ने कहा कि 25 वर्ष का अमृतकाल है दो तक हमें एक राष्ट्र बनाना है जिसके पास गरीबी नहीं है एक भारत जिसका युवा और नारी शक्ति होगी देश और राष्ट्र को दिशा देने में सबसे आगे खड़े होंगे लेकिन हकीकत क्या है ये जान लीजिए सीएमआई के आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है कि भारत में बेरोजगारी दर सोलह महीने के उच्चतम स्तर यानी की आठ दशमलव तीन शून्य है दिसम्बर दो तक ये आंकड़ा आठ था 2019 से 21 के दरमियान नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है इनमें भाजपा नेताओं से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले भी शामिल हैं। दावा नंबर दो मोदी सरकार का दावा है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बहुत काम किया गया है पिछले कुछ सालों में इनका खूब उद्धार किया गया है लेकिन दावे की हकीकत यह है कि 2015 से इक्कीस 20 के बीच अनुसूचित जाति के खिलाफ होने वाले आपराधिक जनजाति के खिलाफ होने वाले आपराधिक मामलों में 40 प्रतिशत जी हाँ 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है अब दावा नंबर तीन सुनिए जी की व्यवस्था ने शासन में पारदर्शिता लाने के साथ ही करदाताओं यानी की टैक्स पेयर्स की गरिमा सुनिश्चित की है जवाब यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिशत भरते है। भारत का मध्यम वर्ग आर्थिक बोझ से कुचला जा रहा है अब सरकार का झूठ नंबर चार सुनिए भारत में हवाई अड्डों की संख्या बढ़ी है साल दो हजार चौदह में चौहत्तर हवाई अड्डे थे जो की साल दो हजार बाईस में एक सौ सैतालीस हो गया है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार हो गया है उड़ान योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये सरकार का दावा है हकीकत यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार नवंबर दो में कुल चौरानबे रूटों में से सिर्फ 22 रूट ही बच सके हैं सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन इंडिया की रिपोर्ट कहती है की उड़ान योजना के तहत तैयार किए गए सत्तर हवाई अड्डों में ऐसी छियालीस कम सेवा वाले हवाई अड्डे हैं जहाँ से हर सप्ताह सात या उससे भी कम कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भर सकते हैं और योजना पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में विफल भी साबित हुई है सरकार का दावा नंबर पांच है कि सरकार ने हर घर जल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी इस पर आंकड़े जारी करते हुए सरकार ने यह कहा की इस योजना के शुरू होने से पहले पिछले सात दशक में 3 करोड़ 25 लाख घरों योजना के, के योजना के वेबसाइट पर जो डेटा मौजूद है उसके अनुसार वास्तविक संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षो में पाइप जल पूर्ति दी गई है केवल छह करोड़ अट्ठानबे लाख चौहत्तर हजार नौ सौ एक लोग ऐसे हैं जिनके घर तक पाइप कनेक्टिविटी पहुंची है लेकिन सरकार का दावा है कि यह आंकड़ा 11 करोड़ का है नए बजट से पहले सरकार ने अपनी योजनाओं के सफलता का जो आंकड़ा पेश किया यह उसकी हकीकत थी तो सरकार के कुछ और झूठ से पर्दा हम अपने अगले वीडियो में उठाएंगे